कृषि मंत्री कमल पटेल ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर कहा कि ये सरकार किसानों की है दुख संकट की घड़ी में हम किसानों के साथ खड़े हैं जितना भी नुकसान किसानों का हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी अचानक हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि पर कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने किसानों से अपील की है की कि किसान बिल्कुल भी नहीं घबराए ये सरकार किसान हितैषी सरकार है संकट की घड़ी में हम आपके साथ खड़े है केंद्र से लेकर राज्य में भाजपा डबल इंजन की सरकार चला रही है आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रदेश के सारे कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिया गया है हर खेत का हर क्षेत्र का सर्वे किया जा रहा है जितनी भी क्षति हुई है मध्य प्रदेश सरकार आपके साथ संकट के समय में खड़ी है जो भी क्षति हुई है ये आपकी क्षति नहीं है सरकार अपने ऊपर लेती है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सभी कलेक्टर डी निर्देशित कर दिया है कि एक एक किसान के खेत में जाइए सर्वे करिए वीडियोग्राफी करके करिए और जितनी क्षति हुई है उसका आकलन करिए आकलन में किसान को साथ रखिए पांच लोग और सरपंच पांच क्योंकि तो हमारे यहाँ कहावत है पंच परमेश्वर और इसलिए नजरिया आकलन करके कितनी क्षति हुई है कितने में आपने बोया फसल कौन सी फसल है कितनी क्षति उसका आकलन करके हम आरबीसी छह से जो नहीं है उसके अंतर्गत राहत देंगे साथ ही जो फसल बीमा कंपनी है उनको भी निर्देशित कर दिया है कि वो भी जाकर सर्वे करें और एक काफी किसान को दे पंचायत में रखें और एक काफी कलेक्टर को ताकि जो क्षति हुई है वो आपके सामने पंचनामा मन के हस्ताक्षर हुए उसमें कोई हेराफेरी ना हो और आपको हम सहायता राहत दे सके क्षति की पूर्ति यार अजय लुक योर डैड